मुस्कुराहट वो खजाना है जो हर किसी के पास नहीं होता और जिसके पास ये अनमोल खजाना है वो कभी भी कंगाल नहीं होता एक बीमार व्यक्ति भी डॉक्टर की एक मुस्कान से ठीक हो सकता है तो मुस्कुराहट सच में कितनी अच्छी होगी मुस्कुराहट सच में बहुत ही अनमोल होगी मुस्कुराना हर किसी के बस का नहीं मुस्कुरा बस वही सकता है जो व्यक्ति जिंदा दिल होता है मुस्कुराने के जल्दी ढूंढ लेना मेरे दोस्त वरना ये जिंदगी का मौका कहीं ढूंढ ना ले ऐ जिंदगी तू खूबसूरत तो, तो हद से ज्यादा है लेकिन ये खूबसूरती भी तब अच्छी लगती है जब मैं अपनों के चेहरे पे ये प्यारी मुस्कान देखती हूँ हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि परिवार में रिश्ते भी तब तक ही कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं ऐसी दो चीजें संसार में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक मुस्कुराहट और एक दुआ जितनी दोगे ना उतनी मिलेगी बस एक छोटी सी दुआ है मेरे प्रभु से जिन लम्हों में मेरे अपने मुस्कुराते हो वो लम्हे कभी भी खत्म ना होने देना जो आपका अपना होगा वो हर हाल में आपके होठों पे मुस्कान ही देगा